असलम वरह दोस्तों इस वीडियो में यह लड़का एक हाथ में आई और एक हाथ में कुरान शरीफ लेकर वो आपको हैरान कर देगा यह तेजी के साथ इसमें एक लड़का सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था इसके एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में आई होता है ड्यूटी पर खड़े इन पोलिस वालों के पास यह लड़का आई फोन और कुरान शरीफ का ऑफर लेकर पहुँचता है इनसे कहता है कि आप इन दो में से जिस चीज को उठाना चाहेंगे वो बोसा देता है और आँखों से लगा लेता है फिर दूसरे पोलिस वालों को भी यही ऑफर मिलता है मगर वो भी कुरान शरीफ को चूज करता है और बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह के कलाम को आंखों से लगा लेता है उनके पास मौका था कि वो लाखों के आईफोन को उठा सकते थे मगर ईमान ने गवारा न किया उनको कुरान से इतनी ज़्यादा मुहबत थी कि सामने आईफोन भी मौजूद है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुरान को चुना ताकि लोग ये जान सकें कि कुरान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तोफ़ी अता फरमाएं इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिज़